प्रिय दर्शकों नमस्कार मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाग्य विश्लेषण के इस कार्यक्रम में तुला राशि के जातकों के लिए जून का यह माह कैसा बीतेगा इस माह को कैसे तुला राशि के जातक प्रभावी बनाए इस माह में क्या क्या घटनाएं तुला राशि के जातकों के साथ घटित होंगी आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले बताना चाहेंगे कि हमारा प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर पर चंद्र राशि और नाम राशि दोनों पर आधारित है आप सभी दर्शकों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर हमको हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप नाम राशि का भी ऐड कर दिया कहीं तो दोनों राशिफल इसमें ऐड है तो इसी पर आधारित है और अंत तक ये वीडियो देखियोगा देखिएगा आप लोग क्योंकि इसमें आप सभी लोगों को हमने विशेष प्रयोग बताया हुआ है और आगे बढ़ें उससे पहले बताना चाहेंगे कि जून माह में चंडीगढ़ अमृतसर हिमाचल प्रदेश देहरादून और बनारस इतनी जगहों पर हमारा आगमन होगा तो इच्छुक दर्शक जो हैं यहाँ पर आकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण पर्सनली हमसे मिल कर करवा सकते हैं तो ग्रहों की गोचर की स्थिति क्या रहेगी देखिए शनि और केतु धनुराशि में गोचर कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं बुद्ध सूर्य मंगल राहु ये मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं बुद्ध स्व राशि हो गए शुक्र अपने घर वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा का हमने राशिफल मानक मान करके तैयार किया है तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और पहले तो हम इस माह के व्रत एवं प्रमुख त्यौहार कौन से हैं उस पर दृष्टि डाल लेते हैं तो तीन तारीख सोमवार दिन रहेगा शनि जयंती रहेगी और वट सावित्री व्रत वट सावित्री व्रत जो है ये भी तीन तारीख को रहेगा बारह तारीख बुधवार दिन गंगा दशहरा रहेगा तेरह तारीख बृहस्पतिवार दिन निर्जला एकादशी रहेगी पंद्रह तारीख को मिथुन संक्रांति रहेगी अब मिथुन संक्रांति क्या है तो देखिए सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन होता उसको है उसको संक्रांति बोलते हैं सूर्यदेव जैसे अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं तो ऋषभ संक्रांति चल रही है अब पंद्रह तारीख शनिवार के दिन पंद्रह जून को ये वृषभ से निकल करके मिथुन राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर मिथुन संक्रांति होगी तो यही संक्रांति है सोलह तारीख रविवार दिन वट पूर्णिमा व्रत रहेगा वट सावित्री अलग है वट पूर्णिमा अलग है सत्रह तारीख ज्येष्ठ पूर्णिमा रहेगी उन्तीस तारीख को योगिनी एकादशी का व्रत रहेगा तो जो भी दर्शक अगर योगनी एकादशी का व्रत रहना चाहते हो उन्तीस तारीख को आप लोग रह सकते हैं क्या क्या घटनाएं घटित होंगी तुला राशि के जातकों के लिए तो चलिए ग्रही गोचर की व्यवस्था पर हम आपको बताते हैं तो इस महीने आपको भाग्य से हर संभव सहायता तुला राशि के जातकों को मिलती हुई नज़र आएगी चूँकि कैसे मिलेगी आपके जो भाग्य से बुद्ध बुद्ध देखिए भाग्य के घर में खुद विराजमान हैं और अपने घर के हैं सूर्य के साथ आ गए हैं तो आपको भाग्य से रिलेटेड हर संभव सहायता मिलती हुई नज़र आएगी आपके जो भी काम इस माह फस रहे थे वो कार्य आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे दूसरा एक बात और बताना चाहेंगे कि आपके धार्मिक स्वभाव में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती हुई नजर आएगी धार्मिक यात्राएं या मनोरंजक यात्राएं या हो सकती हैं नए नए लोगों के साथ आपके संबंध स्थापित होते हुए नजर आएंगे व्यापार में व्यवसाय में लाभ होगा आपके संबंध दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा सौहार्दपूर्ण रहेंगे कुटुम्ब में आपको जो है मान सम्मान स्नेह मिलेगा कुटुंब से रिलेटेड कोई आपको प्रॉपर्टी का भी गेन होता हुआ दिख रहा है एक बात और बताना चाहेंगे कि कंपटीशन की यदि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं या किसी का रिजल्ट आप लोगों का आने वाला है या आप लोग उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले हैं तो इसमें आप बहुत हद तक की उम्मीद है कि आप लोगों के वीजा वगैरह अप्रूव हो जाए आप लोग बाहर जा सकते हैं चूँकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि देखिए पंचम घर पर पड़ रही है संतान से लेकर के कोई आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी आप व्यवहार कुशल रहेंगे और आपका जो आकर्षण है ये दूसरों के प्रति हमेशा बना रहेगा इस महीने आपको आय के अनेकों अनेक स्त्रोत मिलेंगे इस महीने आपकी कोई पॉलिसीज़ वगैरह चाहे वो एल की हो चाहे वो कोई म्यूचुअल फंड हो इससे रिलेटेड आपको कुछ धन प्राप्त होता हुआ नजर आएगा संचित धन आपको मिलेगा कामकाज में लाभ होगा परिवार की तरफ से मिलने वाले सुख में वृद्धि देखने को ये माह मिलेगा यह मां दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत अच्छा होकर के आया धार्मिक कार्यों में बड़े बड़े धार्मिक कार्यों में अनुष्ठानों में यज्ञों में तुला राशि के जो जातक हैं हिस्सा लेते हुए प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे बड़े बुजुर्गों की तरफ से आप लोगों को सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा उच्च पदासीन लोगों के साथ आपके जो संबंध रहेंगे ये मधुर रहेंगे मित्रों की हर परिस्थिति में आपको इस माह सहायता मिलेगी इस महीने शत्रु अपनी शत्रुता यहाँ पर भूल जाएंगे और आपकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाते हुए नजर आएंगे व्यापार में सुखद परिणाम आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे भाई बंधुओं तथा मित्रों की तरफ से अच्छे सहयोग की उम्मीद यहां पर आपको मिल सकती है और सामाजिक तौर पर मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ी रहेगी इस महीने आपकी जो जरूरतें रहेंगी ये आसानी से पूर्ण होती हुई नजर आएंगी भाई बहनों के साथ संबंध आपका मधुर रहेगा शनिदेव तीसरे घर में बैठे हुए तो छोटे भाई बहन आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे वहीं किसी किसी दिन बाद भी, बाद भी आप लोगों का बढ़ता हुआ नजर आएगा इस महीने आपका पराक्रम बहुत ज़्यादा निखर करके नजर आएगा क्योंकि ये जो हाउस होता है ये पराक्रम का भी होता है सरकारी कार्यों से आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे छात्रों का मन पढ़ाई में इसमान लगता हुआ नजर आएगा अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हुए नजर आएंगे यह महीना मान सम्मान और प्रसिद्धि के लिए बेहतर है आप हर क्षेत्र में जीवन का कोई भी क्षेत्र हो उसमें आप अपना बेस्टम बेस्ट जरूर देंगे धर्म के कार्यों में पूरी श्रद्धा के साथ आप लोग सहयोग करेंगे इस महीने कार्य में सफलता अर्जित करने के योग बन रहे हैं आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं लोग उनसे थोड़ा सा आपको देखिए अलर्ट रहना पड़ेगा आपको सावधान रहने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं चूँकि आपको बताना चाहेंगे कि इस महीने आप लोगों को जो लोग सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो उनको कोई सरकारी नौकरी प्राप्त होती हुई नजर आएगी देखिये जुपिटर जो है जुपिटर सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं जहां आठ नंबर लिखा और यहाँ से अपनी नवम दृष्टि से उच्चगत राशि अर्थात कर्क राशि को यहाँ पर देख रहे हैं कर्म के घर को देख रहे हैं तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड आपको लाभ होगा आपको कोई जॉब मिलेगी आपका रिजल्ट यदि अभी तक पेंडिंग था तो बहुत हद तक ही आपके पक्ष में आता हुआ दिख रहा है दूसरा एक बात और बताना चाहेंगे उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध बहुत इस माह मधुर होते हुए नजर आएंगे चूँकि एक बात और दर्शकों आप लोगों के लिए कि जो लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस कर रहे हैं या उनको जॉब चाहिए शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हो तो देखिएगा अधिकतर लोग शिक्षा क्षेत्र एजुकेशन लाइन में इस माह जरूर जाएंगे शेयर मार्केट पे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है हालाँकि शेयर ऑफ छट्टे से भी आपको पैसा इस माह मिलेगा किसी नवीन व्यवसाय को करने के विचार आपके मन में उत्पन्न होंगे और वो आप करते हुए नजर आएंगे दूसरों की भलाई के कार्यों में तुला राशि के जातक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और तमाम प्रकार की नए नए जिम्मेदारियां मिलेंगी कुछ आपके उच्चाधिकारी आपको कोई एक्स्ट्रा कार्य दे सकते हैं उसको भी आप लोग निपटा देंगे कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी मिलेगी आपका प्रमोशन भी इस माह हो सकता है संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थितियाँ रहेगी संतान को सही दिशा दिखाइएगा सही डायरेक्शन दिखाइएगा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा मंगल की जो चौथी दृष्टि है ये ट्वेल्थ हाउस पर पढ़ रही है और यहाँ पर थोड़ी सी जो विदेश से रिलेटेड जिन लोगों का कोई व्यापार चल रहा है उनको विशेष सावधान रहने की यहाँ पर ज़रूरत है मंगल राहु का अंगारक योग भी आप लोगों के क्रोध में बहुत ज़्यादा अधिकता करेगा तो अपनी वाड़ी पर आप लोगों को तुला राशि के जात को संयम की सितारे सलाह देते हैं अब चलते हैं उपाय की ओर कि उपाय क्या करना रहेगा तो सबसे पहले तो बृहस्पतिवार को वीरवार दिन वीरवार वाले दिन गुरुवार वाले दिन हल्दी का दान आप लोग धर्म स्थान पर करिए दूसरा हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करना रहेगा और मंगलवार व वा शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करिए माह में किसी एक मंगलवार को हनुमान चालीसा की जो पुस्तक होती है इसको धर्म स्थान पर आपको दान देना रहेगा सूर्य देव को नित्य जल में हल्दी डाल करके आप लोगों को अर्घ देना रहेगा राहु स्रोत का आप लोग पाठ करिए अच्छा रहेगा तो ये तो था प्रयोग तुला राशि के जातकों के लिए हमारा ये राशिफल कैसा लगा और हाँ जून माह में आप लोग पुनः मिल सकते हैं हमसे चंडीगढ़ अमृतसर हिमाचल देहरादून वाराणसी में तो दीजिए इजाज़त मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे तुला राशि के जो जातक हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे बेलाइकन दबा दिए होंगे और लाइक इन्होंने इस वीडियो को जरूर किया होगा दीजिए इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार